हेलो फ्रेंड्स प्रीति किचन में आप सभी का स्वागत है आज हम बनाने वाले हैं आलू कद्दू की सब्ज़ी वैसे तो आलू कद्दू की सब्जी आपने कई प्रकार कर से बनाई होगी लेकिन आज हम इसे बनाएंगे प्रेशर कुकर में तो देखिए ये बहुत ही टेस्टी बनी है आप इसे एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आप भी इस तरह के आलू कद्दू की सब्जी कुकर में बनाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा तो चलिए अब हम इसे बनाते हैं आलू कद्दू की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ एक छोटे साइज़ का कद्दू लिया है इसे मैंने छील लिया है और दो बड़े साइज का आलू लिया है इसे भी मैंने छील लिया है अब हम इसे कट करेंगे तो चलिए हम इसे काट लेते हैं तो सबसे पहले इसके दोनों तरफ के डंटल काट के निकाल देंगे। तो सारे कद्दू को हम इस शेप में काट लेंगे मैंने कद्दू को इस तरह से कट करके रख लिया है देखिए इसके भी ये बहुत ही सॉफ्ट थे और मुलायम थे तो मैंने बीयो को नहीं निकाला है हम बिये से ही इसकी सब्जी बनाएंगे इसी तरह अब हम आलू को भी कट कर लेंगे तो आलू को भी हम थोड़ा बड़े साइज में काटेंगे देखिए इस तरह से हम सभी आलुओं को काट लेंगे सारी सब्जी हमारी कट चुकी है तो चलिए अब हम इसे बनाते हैं मैंने कुकर गर्म होने के लिए रख दिया है अब हम इसमें डालेंगे तीन बड़ा चम्मच तेल इसमें डालेंगे कुछ खरे मसाले आधे चम्मच जीरा सात से आठ काली मिर्च दो से तीन देखिए यहाँ पास छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने कर लिया है दालचीनी और दो लौंग, दो सूखी लाल मिर्च और दो तेजपत्ता इसे हम इसमें डाल देंगे मसाले हमारे थोड़े से भुन चुके हैं तो अब हम इसमें डाल देंगे तीन कटा हुआ प्याज प्याज को हम बस कलर चेंज होने तक ही भूनेंगे प्याज का कलर चेंज हो चुका है तो अब हम इसमें मसाले डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट हल्दी पाउडर दो चम्मच मिर्चा पाउडर एक चम्मच धनिया पाउडर डेढ़ चम्मच अब हम इसमें डालेंगे स्वाद नमक और मसालों को हम कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे सब्ज़ियों को मैंने कुछ समय भून लिया है तो देखिए मसाले हमारे कितने बढ़िया से भुन चुकी है और इसमें से बहुत बढ़िया खुशबू भी आ रही है तो अब हम इसमें डालेंगे दो कटी हुई टमाटर दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च एक चम्मच गरम मसाला अब हम इसमें कटी हुई सब्जियां भी डाल देंगे अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और सब्जियों को हम दो मिनट के लिए फुल फ्लेम पर और भूनेंगे सब्ज़ियों को मैंने दो मिनट के लिए भून लिया है तो अब हम इसमें पानी डालेंगे तो मेरे पास यहाँ एक गिलास पानी है मैं इसे डाल दे रही हूँ मैंने पानी एक गिलास यहाँ इस्तेमाल किया है क्योंकि मुझे ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी रखनी है ग्रेवी आप अपने हिसाब से बनाइएगा जैसे आपको रखनी होगी अब हम इसमें थोड़ा सा कस्तूरी मेथी डाल देंगे और इसे भी बस हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम कुकर का ढक्कन लगाकर इसे मीडियम फ्लेम पर तीन सटियाने तक पकने देंगे तीन सीटी लगने के बाद मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया था तो चलिए हम एक बार सब्ज़ी को चेक कर लेते हैं तो देखिए सब्जी हमारा कितना बढ़िया दिख रहा है ये बिल्कुल परफेक्ट बनी है आपको आज का रेसिपी मेरा कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक तो के लिए बाय बाय